तो अगर आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में मच्छर आपको कैसे ढूंढ लेता है आखिर मच्छर किसे सबसे ज़्यादा काटता है और काटना पसंद करता है तो आज हम इसी सब सवाल को जवाब देंगे तो पहले तो ये मैं बता दूं कि रात में मच्छर आपको कैसे ढूंढता है जब आप सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाईऑक्साइड छोड़ते हैं जो मच्छर को बहुत ज़्यादा एट्रैक्ट करता है इस वजह से रात के अंधेरे में भी मच्छर आपको ढूँढ लेता है तो आप सोचो कि यार दो मिनट में मच्छर सांस रोक लेता हूँ मच्छर तो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा तो आप गलत हैं मच्छर उन पर भी ज़्यादा अटैक करता है जिनका ब्लड ग्रुप यूनिक हो कुछ खास हो तो जिनका ब्लड ग्रुप ओ ग्रुप होता है उन्हें मच्छर खूब ज़्यादा काटता है एज़ कम्परिजन टू बी नेगेटिव या ए पॉजिटिव ए बी ब्लड ग्रुप और दूसरा मच्छर उन पर सबसे ज़्यादा भी अटैक करता है जिनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा गर्मी रिलीज होती है मतलब जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हैं उन्हें भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा मच्छर काटता है तो अब इसी वजह से आप सोचोगे कि ठंड के टाइम में मच्छर बहुत ज़्यादा कम काटता है या फिर मच्छर दिखता ही नहीं क्योंकि ये आपकी बॉडी से गर्मी बहुत कम रिलीज़ होता है तीसरा ये जो मैं बताने वाला कुछ सा है लेकिन सच है मच्छर आपके कपड़ों के कलर से भी काटता है अगर आप पूछोगे यार क्या बकवास है तो मैं आपको बता दूँ मच्छर को डार्क कलर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आकर्षित करता है जैसे ब्लैक डार्क ब्लू डार्क रेड येल्लो डार्क येल्लो ये सारे कलर अगर अच्छा वीडियो लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर वीडियो अच्छा भी ना लगे तो भी कमेंट कीजिएगा डिसलाइक मारेगा तो भी कीजिएगा देगा फिर भी कमेंट कीजिएगा टू हैवे नाइस डे गुड डे